पे मिला है है। गंदा बोलता होम फॉर द फर्स्ट टाइम। मी। थोड़ा दस सेकेंड बड़ा एक बार अपने मोबाइल से क्यों रहा है लाइक करके नहीं जाना तो रेड डिटेक्टेड स्लाइड ने स्लाइड I'd the yeah. भाग रहे दो तो कैम कर नहीं तो शॉर्ट alguien match let's go the lead. सब लाइक कर। करो मैसेज पर कुछ आ नहीं रहा है यार मैसेज वक्त लाइक करो लाइक करो बहुत लोग खेलता है जो मैसेज करो नंबर आई तो आईडी नंबर ओहो, टीम लाइव मत टीम लाइव, तो नॉर्थ ट्रेन से है भैया। Good luck, baby. Showtime, showtime. अभी भी देख भी रहा है, अभी लगा। सारी पहले ग्लेशियर करना है, ग्लेशियर हम टाइम को पूरा तो यार ग्लेशियर करना है। Form up on me. अरे वे तुम पास नहीं आ तुम लेट हो गए हो हो गया सबको ज्यादा देखते तो भी नचे जा गाड़ी गाड़ी Watch out. I got supplies. है क्या बन किधर है ओ, oh, oh. इसको ही तो मैंने मार के फिनिश लिया था पाए, पाए।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 I got supplies. Look here. कौन सा एल्बम है? कौन सा एल्बम है? कल इंजॉय देंगे। जो के रूप। अरे यार, नोकर, नोकर आऊँगा यार, नोकर, नोकर। आ ये तरबा बाया। ये वोन एसपी एडमिज है ये वोन। वाह, वाह, नोकर वाई। अच्छा। आसम। कितने हैं, कितने और हैं? रुप नंबर को साफ़। ये बात किसी की बात। लाज़ दिख रहा है। गुजरत रहा ये क्या हो रहा है मेरे स्प्रे को यार ऑसम थैंक्स नो फेरो नो फेरो चलिए मुझे बताओ कि कैसे जनरा काम हो सकती है देखो तो ये दवा थोड़ी हुई थी क्यों तो हालत मैं मार यार। पीछे पीछे। गाड़ी गाड़ी Watch out. गाड़ी गाड़ी, गाड़ी।, गाड़ी, गाड़ी। न्यूटल पाया यार मैं a... कॉल कर देना को। कोई भी कॉल कर देना कोई भी कॉल कर दो जल्दी के कर कर, कर, कर। दो। रिकौल पर, रिकौल पर, रिकौल पर। दो टाइम खत्म हो नंबर ओह पहले के गाड़ी है। मैं जाऊँगा उधर पे लुटूंगा अपने गर्ल हम लोग सब लोग काम आ रहे हैं। पहले अंदर दबाओ। ठीक है। चलो। आप अपना ना दीजिए। मिली एपी के अरे 19.साइड पर जाइए पहले ऐसे। पुलिस का करा दो। सुन मरी जा। वो तो भी उठेंगे भाई प्रेस रेडियो प्राध्यापक के पक्ष तो में राय दे सकते हैं आकाश ठाकुर को संबोधित है नमस्ते जी मैं आपसे अब बात कर रहा हूं भूमि है ये हमारी आपके साथ में है लो हेलो अभी और बहुत तक आवाज निरंतर आवाज सर निरंतर आवाज सर वेस्ट मील हो रहा है पॉलिटियाई सिल्क आया है सालू मैं तो बुरे हैं लोग वहाँ यूँ रसाल ना इधर इधर तुरंत मुझे उपवास करने वाले यहाँ पर लोग तो आलो जोन वालों भाई क्या लिया क्या मतलब नहीं अच्छा पकड़े मार्ग और क्या है और ऑसम के अंदर देख ऑसम पांच लाइक पांच लाइक आ गया सर ऑसम ये क्या मालतरी क्यों लोग अभी देखो हां और 1 लाख ऐसे बोल ना था पांच सौ के पर बस लंग एक लाइक लाइक नहीं चाहिए मतलब ये गेम दिया हो लाइक कर दो यार लाइक कर दो भाई ये देखो वाली भाई मैं भी देख के चखूं लेना हो क्या करता यार हर हर के हो गया क्या रे चार एकराओं कितने की की घंटे का ऐसे ही तो बढ़ेगा तो छाएगा कौन सी ले लैम्बोर्गिनी की यार तेरी viene la no ne le kora to rulo u bolu atio dio giri ye bhakti banne ka nahi kaaja sanne tuk ni chalne ke ke nu nil jalalo koni bolu bhai aleykum let's fight let's together, fight together. bye re boss bye re let's fight together together bye re bye hello teen number 2 ka se ho ghar pe se ghar pe pakra ghar pe se nahi hai ये लाइव स्ट्रीम मेरी चल रही, रही है उधर पे जाके देख देखो यही सर्च करो Pro, tone, X, y, यही सर्च करो देखो भेजा no. देखो देखो देखो देखो okay. यही है प्रोटोन एक्स वाईव ओके मेरा चैनल अरे आईसी क्यों अरे एक तो अरेज है कर कर जल्दी सामने तो है, सामने है ले गया ले गया नहीं जाओ नया तो वहां पर वाले हेल्पलाइन पर कॉल बोल वाला उसको बता के फिर कोई जैसे कोई उतर के ऐसा कर दो अच्छा अच्छा हो जाता है कितना बोल लो भाई प्लीज रिकॉल मी सो लाइक तो like, करो लाइक फॉलो इंस्टाग्राम के आईडी जीरो थ्री राउन्ड या हेस्टार्ट हेच पर का मंदिर अंदर बाकी है ठीक बाकी जमा है बाकी है कनेक्ट कर कनेक्ट कर रेट का इंटरनेट में बिल्कुल नहीं खाता तुमने बाकी दियो पांच भाग पांचाती भाग पांचाती भाग प्लीज रिकॉल मी गॉट मी प्लीज रिकॉल मी गॉट प्रीपेयर बट द फोन क्या ट्रैक देवोय नहीं सितारों हमारी तरफ से हिरण वो तो हो पर लो एम 420 धनिया का क्या तो कर रहा गाड़ी घर क्यों बीच पार्किंग में जाना आया जाए और पैनल हो गई थारो वो नीचे नु गई गाड़ी देवा जातो तो एक का नहीं चढ़ा मैं चार <laughs> वेट कर लो वेट कर लो वेट कर लो And blue team has scored for the first time. What is that? I can't. I can't. I can't. I'm sorry, brother. I'm the second one. जा तो रहा था नहीं तो मैं दिन आएंगे और दिन कृषिवान मान लीजिए तो कुछ नहीं होता यहां नहीं हां नहीं ले to mm make -hmm. तो तु, दस हो गई है ही करते करते करते ना एक कर दे, कर, दे, कर, दे, कर कर दे। दे, दे लाइक ना, आज मतलब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 x b 3 please recall me is ladki ko maar diya hum sach mein bol rahi hai ladki attack se वही के मुताबिक वो कर रहे हैं रूल है कि 50 पास होंगे अंदर में लीड और सामने वाली सामने वाली i'm recalling a teammates thank you tags i find it wonderful Watch out! Watch out! Marked a location. Stop. Watch out! Stop hey. it. I need consumables. मोबाइल रहना चाहिए